आज मैं आप लोगों को फिर से एक जानकारी दे रहा हूं, जो कि ये जानकारी आई, आई संस्थाओं के लिए है अब मैं देख अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें बोली गई हैं देखिए अभी कुछ समय पहले डी में मीटिंग हुई थी उसमें फीस को लौकर के चर्चा की गई थी उसी से रिलेटेड ये लेटर जारी किया गया है अभी जो कुछ समय पहले न्यूज जारी करी गई थी उसमें ये बोला गया था ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड पर ईयर इंजीनियरिंग प्राइड की फीस होगी और नॉन इंजीनियरिंग की इक्कीस हज़ार दो सौ इसी को लेकर के डीजीईटी ने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया हुआ है देखिए सब्जेक्ट में नॉर्मिनेटिव ट्रेनिंग फी चारबल पे प्राइवेट आईटीआई रिकॉर्डिंग अब हम देखेंगे फी जो During the the meeting, a comparative statement the normative ड्य मीटिंग ए कंपरेटिव स्टेटमेंट दॉमिनेटिव फी स्ट्रक्चर वॉज स्टार्टिंग रेट डब्ल्यू सी एच दो हजार सोलह नॉमिनेटिव फिक्स टू थाउजेंड फोर्टीन प्राइस इंडेक्स अब हम आगे चीज देखेंगे देखिए आप डिसीजन ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मिनेटिव द प्राइवेट आई टी आई ऑफ the agreed मीटिंग मीटिंग के दौरान क्या क्या चीजें एग्री हुई थी नॉमिनेटिव ट्रेनिंग सेल अंडर इंजीनियरिंग थीम अर्बन एरियाजिंग द नंबर ऑफ आई टी आई द रूर एरिया फ्रॉम दर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर रिव्यू द फी स्ट्रक्चर द टेकन इन द फाइव ईयर मतलब कि 26,000 हजार प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए और गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए 21,200 हजार दो सौ प्रतिवर्ष फीस प्रस्तावित शुल्क संरचना शहरी और ग्रामीण मतलब गाँव तथा शहर दोनों के लिए समान रहेंगी और वर्ष दो तो हजार चौबीस से पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष की एक समान वृद्धि से जल्द ही ठीक है यही चीज़ इसमें बोली गई है अब हम देखेंगे क्या डिक्लेयर हुआ है देखिए फीस नॉन कैटेगरी ऑफ ट्रेड एनुअल फीस ट्रेनिंग अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम इंजीनियरिंग की 26,000 हजार पर ईयर इंजीनियरिंग में क्या होते हैं कौन कौन सी ट्रेड आएँगी फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर एसेकट्रा ये सारी हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड आती है नॉन इंजीनियरिंग में कटिंग स्विंग कोपा टाइपिंग ये सारी हमारी शॉर्ट हैंड ये सारी हमारी नॉन इंजीनियरिंग में ट्रेड आती है इन सब की फ़ीस 21,200 कर दी गई है इस तरीके से ये ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है डी की ओर से और ये जो करंट फीस का स्ट्रक्चर है ये करंट ईयर से लागू किया गया है सत्र 2022 से इस फीस के शड्यूल के अनुसार ही एडमिशन्स लिए जाएंगे ऐसा डी ने इस लेटर में सारी चीज़ें क्लियर कर दी है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो